जय मसीह की दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्पत्ति की किताब की आठ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा क्योंकि मैं बाइबल से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ को बनाता रहता हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बाइबल हमें आरंभ से 4000 सालों का विवरण देती है जो कि बाइबल की अलग अलग छाछ पुस्तकों में दर्ज है लेकिन उत्पत्ति इकलौती ऐसी किताब है जिसमें हमें 2300 सालों का विवरण मिलता है जबकि निर्गमन से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाकी के 1800 सालों में हुई घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति अध्याय एक से ग्यारह तक 2000 सालों का विवरण है और अध्याय 12 से 50 तक बाकी के 300 सालों का विवरण हमें मिलता है दोस्तों अलग-अलग समय पर लोग बाइबल की बातों पर प्रश्न उठाते हुए आए हैं। लेकिन उत्पत्ति की किताब में घटी घटनाओं का जिक्र आज साइंस और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में दे दिया है जैसे कि उदाहरण के तौर पर नू के जहाज की खोज जो कि अहरारत पर्वत पर खोजा गया था और बेबल का मीनार और साथ ही साथ और अमुरा की रियल लोकेशन का खोजा जाना और भी कई खोजे हैं जो कि उत्पत्ति की किताब में दर्ज है अगर मैं एक एक करके इनके बारे में बताऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में दो पेड़ लगाए थे एक तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष जिसके बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति अध्याय वचन में, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से आदम और हवा को मना करा था जीवन के पेड़ का फल खाने के लिए मना नहीं करा था लेकिन हवा और आदम ने भले और बुरे के ज्ञान का फल खाया फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को अदम से बाहर निकाल दिया जैसा लिखा है उत्पत्ति अध्याय तीन वचन बाईस में फिर यह परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे दोस्तों परमेश्वर ने आदम और हवा से जीवन का फल इसलिए दूर किया क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि पाप इस दुनिया में सदा तक रहे यदि वो लोग फल खा लेते तो वो लोग सदा तक जीवित रहते और पाप हमारी पृथ्वी पर हमेशा रहता इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें फल से दूर किया और अधन से उन्हें निकाल दिया दोस्तों हिब्रू भाषा में उत्पत्ति का मतलब बहर होता है और यह बाइबल का सबसे फर्स्ट लेटर भी है जिसका मतलब है शुरुआत और देखने वाली बात यह है कि हमें उत्पत्ति की किताब में हम लगभग हर एक चीज़ की बिगनिंग यानी कि शुरुआत देख सकते हैं जैसे कि यूनिवर्स मैरिज रिडेम्शन लाइफ सीन प्रॉपर्सी मैन काइंड लैंगेज फैमिली और सेक्रीफाइस हर एक चीज जो कि आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मनुष्यों से जुड़ी हुई है जो कि मुझे भी काफी पसंद है। उत्पत्ति की किताब के लेखक आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि ये किताब मूर्सा नबी ने लिखी है जो कि 1450 B.C. में लिखी होगी ऐसा इतिहासकारों का मानना है लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि मूसा नबी काफ़ी बाद में आए और जो घटनाएं लिखी हुई है वो बिल्कुल शुरुआत की है उत्पत्ति की किताब की घटनाएं मूसा नबी के पैदा होने से काफ़ी पहले की है लेकिन और इसीलिए यह बात हमें सोचने में असंभव सी लगती है लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है अदन की वाटिका में ज्ञान वृक्ष का फल खाने के बाद बाबा आदम ने हवा का नाम हवा रखा जिसका मतलब होता है जीवन और बिल्कुल नाम के अर्थ के अनुसार जैसा बाइबल में बताया गया है उत्पत्ति अध्याय अद्यान वचन चार में कि वे सबकी आदि माता हुई लहू की पवित्रता का जिक्र दोस्तों जल प्रलय के बाद नू का जहाज अरारत पर्वत पर रुका था तब नू ने होम बली की भेंट अर्पण करी थी ठीक उसके बाद परमेश्वर ने नू नबी को कहा था लिखा है उत्पत्ति अध्याय नौ वचन तीन और चार में जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्यों को दिया था लेकिन मांस को लहू समेत न खाने की आज्ञा दी थी क्योंकि लहू में प्राण होता है यहाँ हम आने वाले समय की व्यवस्था की एक झलक देख सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते है की ये मसीह के लहु से हम सभी लोग जो उन पर विश्वास करते हैं जो उनके लहू पर विश्वास करते हैं वे सभी लोग छोड़ा लिए गए हैं बहुत सारे लोगों का कहना है कि जल प्रलय के शुरू होने के पहले तक इस पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जैसा उनका मानना है कि उत्पत्ति अध्याय दो वचन पांच और छह में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था क्योंकि यवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींची जाती थी लेकिन यह बात आदम की वाटिका की है दोस्तों दरअसल में यह एक फैक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके पीछे सबकी अलग अलग राय है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि मैं भी खुद इस बात पर कम ही विश्वास करता हूँ कि जल प्रलय के पहले तक इस पृथ्वी पर बारिश ही न हुई होगी दोस्तों ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है इसलिए आपके लिए है एक बोनस फैक्ट बाइबल के सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले लोगों जिनके नाम आपके सामने हैं लेकिन सबसे ज्यादा उम्र जिनकी दर्ज हुई है वह माधुशालय जो कि 969 वर्ष तक जिए इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माधुशालय का मतलब होता है वैन ही डाइस मतलब जब वह मरे और वर्षों की गणना करें तो हम पाएंगे कि जब माधुशालय की डेथ हुई ठीक उस वर्ष जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की